कैसे भारतीय सरकार को बेवकूफ़ बना करके ये ऑनलाइन गेम्स की कंपनियां भारत में करोड़ों छाप रही हैं देखिए आप सबको पता ही होगा कि किसी भी प्रकार की गेमलिंग ये ऑफलाइन हो या ऑनलाइन सही प्रकार की गेमलिंग भारत सरकार ने प्रतिबंधित की है और इसी का फ़ायदा उठा करके इन्होंने अपना नया रूल बना करके अपने आप को स्किल क्लैसेज गेम के नाम से इंट्रोड्यूस कराया और भारत में इसको चलाने की इजाज़त मांगी जिससे इनको लाखों रुपए का फायदा प्रति महीने हो रहा है आपको तो बता दें कि भारतीय राज्यों ने इस पर सख्त कदम उठाने की केंद्र सरकार से अपील की है आप सबको पता ही होगा कि कैसे भारत की युवा गलत राह पर जाकर के ड्रीम इलेवन और माई इलेवन सर्कल जैसे ऐपों में गैमलिंग करते हैं जिससे इन्हें आंतरिक दृष्टि से दुख पहुँचता है और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं इसी के चलते केंद्र सरकार ने कहा है कि हम जल्द ही कोई ऐसा कानून बनाएंगे जिससे इन ऐपों को बैन किया जा सके जय